हो रहा है इसको देखिए मैं अभी डायरेक्ट इसको डांस से चापने वाला हूँ कैसा देखिए तो इसमें करेंट नहीं लग रहा है क्यों नहीं लग रहा है डायरेक्ट आया और इसको देखिए डांस से हम इसको मोड़ेंगे तो अपने को शौक नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा आपको बताते हैं देखिए यहाँ पर लग रहा सब पहले एक रीजन यहाँ देखिए ध्यान दीजिए मैं जूता पहनाऊँ ठीक है दूसरा रीजन हमारा टाइल्स है तो अपने को जो है ऐसा स्टेप का देखिए ये हमारा ये फेस है ऐसा असल चिपक की दीवार पर नहीं रहना ना कहीं कुछ वायर को छूना है प्लास्टिक का ये चेयर में देखिए प्लास्टिक के चेयर में मैं खड़ा हूँ और उसके बाद भी छू रहा छुड़ाऊँ तो इसमें करेंट नहीं लगाया क्यों नहीं लगेगा क्योंकि ये हाइबर का है और इसको छूने के बाद देखिए बिल्कुल करेंट नहीं लगाया इसको दांत में चबाने के बाद भी करेंट नहीं लगेगा तो आपको बता देता हूँ इसीलिए ही हमारा प्लास्टिक से अपन काम करना करना तो लोहे का चेयर मत लेना कभी भी आपको चेयर मिला नॉर्मल चेयर से अपन का सकते हैं और तीनों फेज को आप जैसे कि देखिए मेन लाइन है दोनों जो वायर ऐसा टच रहेगा ऐसा खुलेगा तो उसमें आप लोग को सौंप लगेगा मैं अभी प्लास्टिक चेयर में था दोनों वायर को छुआ मेरे को शौक लगा आप देखे तो इसको पहले ऐसे ऑन कर लेना पहले लाइट को ऑन करना है और ये देखिए ऐसा तो मेरे को करंट क्यों नहीं लगा अभी करंट कैसे लगा आपको बताता हूँ ये देखिए ब्लैक वायर है और ये फेस है तो दोनों मेरे को टच हो गया था तो इसीलिए मेरे को करेंट लगा और ये दोनों जोड़ने के बाद एक बन गया ये इसमें आ रहा फेस और इससे अपने को करेंट नहीं लगने